एक मेरा दोस्त है उसे किसी ने मजाक में कह दिया कि कल उसकी बारत जाएगी जिसका तू फैन है बस उसी दिन से शेरवानी पहनकर घूम रहा है आज दो साल हो गए हैं, कहता है कल बारात में जाऊँगा पर उसकी कल ही नहीं आ रही है मैंने उससे पूछा दो साल से शेरवानी पहनकर घूम रहा है किसकी बारात में जाएगा तो बोला अपने हीरो सलमान खान की